गौतम बुद्ध के दस संदेश किसी भी हालात में इन तीन चीजों को कभी नहीं छुपाया जा सकता है और वो है सूर्य चंद्रमा और सत्य सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल दो ही गलतियां कर सकता है पहली या तो पूरा रास्ता न तय करना दूसरी या फिर शुरुआत ही न करना जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर खुद पर विजय प्राप्त करना है अगर यह कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी फिर इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता क्रोधित होकर हजारों गलत शब्द बोलने से अच्छा मौन वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है इसलिए जहां न बोलना बेहतर है वहां चुप रहना बेहतर है खुशियां हमेशा बांटने से बढ़ती हैं जैसे कि एक जलते हुए दिए से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं फिर भी उस दिए की रोशनी कम नहीं होती जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य को पाने से से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है भविष्य के बारे में मत सोचो और अतीत में मत उलझो सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो जीवन में खुश रहने का यही एक सही रास्ता है हमेशा क्रोधित रहना ठीक उसी तरह है जैसे जलते हुए कोयले को किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने की इच्छा से खुद पकड़ कर रखना यह क्रोध सबसे पहले आपको ही जलाता है आप चाहे जितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लें कितने भी अच्छे शब्द सुन लें, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं बुराई को बुराई से खत्म नहीं किया जा सकता घृणा को सिर्फ प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है जो कि यह एक अटूट सत्य है